आगे चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पर जहाँ पर यह छह चीजें ना हो वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहिए वन शुड नॉट स्टे फॉर अट इन प्लेस विच डू नॉट होल्ड सिक्स थिंग्स इंसान को अपनी रहने वाली जगह के बारे में कुछ बातों का पता रहने के साथ साथ चीज का मौजूद होना भी जरूरी है आचार्य चार चीजें न हो वहाँ इंसान को एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहिए नंबर एक जहाँ पर धनवान व्यक्ति न हो आचार्य चा कहते हैं जहाँ पर धनवान व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर आम लोगों को धन से जुड़ी समस्या अधिक नहीं होती है आज के जमाने में धनवान व्यक्ति के कारण ही देश की अर्थ व्यवस्था टिकी हुई है बिना उनके साधारण मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या नहीं चला सकते हैं आज जो शिक्षा विकास ऑफिस फैक्ट्री इत्यादि के दर जो तीव्र गति से बढ़ रहा है वो सब धनवान व्यक्ति वो के धन के कारण ही हैं। इसीलिए हर समाज में असल धन मनुष्य का होना अत्यंत आवश्यक है नंबर दो जहां वैधज्ञ ब्राह्मण व शिक्षक ना हो जिस स्थान पर के ज्ञान ना हो शिक्षा देना वाला शिक्षक ना हो वहां के लोग धार्मिक आत्मिक और जीविका जीविकापार्जित ज्ञान से वंचित रहते हैं इसके अभाव से लोगों में ज्ञान की कमी और जीवन में निरुत्साहता के कारण जीवन इच्छा निर्थक होने लगती है इसीलिए वैध ब्राह्मण व शिक्षक हित जगह पर कभी भी निवास न करें। नंबर तीन जहां पर धार्मिक व न्यायशील कानून ना हो जिस जगह पर जीवन रक्षा हेतु धर्म स्थापना के लिए कार्यरत कानून ना हो वहां की जनता सुरक्षित नहीं रह सकती है स्त्रियां पूजनीय नहीं मानी जाती है वो केवल उपभोग या खेलने की वस्तु मानी जाती है जहाँ पर स्त्री पूजी और सम्मान की जाती हो वहीं पर असली धर्म और न्याय की स्थापना हो सकती है जहाँ न्याय है वही नारायण है ऐसा का कहना है नंबर चार जहाँ कृषि के सिंचाई के लिए नदी व जल स्रोत न हो किसान के मुख्य आय स्रोत कृषि होती है और पूरा देश किसान पर निर्भर होता है लेकिन किसान खेती के लिए मुख्यतः सिंचाई पर आश्रित होते हैं इसीलिए कृषि पेशा करने की मंशा रखने वाले मनुष्य पहले पानी की स्रोत को देखे और उसके बाद ही उस जगह पर रहने के बारे में सोचे नंबर पांच जहां पर वह डॉक्टर ना हो मनुष्य एक नश्वर प्राणी है इसीलिए वो जीवन में अनेक बीमारियों से घिरा हुआ होता है बीमारी की इलाज के लिए हमें वैध व डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बीमार आदमी यदि समय पर उपचार करके सही औषधि उपलब्ध न कराया जाए तो उसकी असमायिक मृत्यु हो सकती है इसीलिए बैग व डॉक्टर रहित जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है नंबर छह जहां दान देने की प्रवृत्ति ना हो जिस स्थान पर मनुष्य में दया की भावना ना हो वहां के मनुष्य आपत्ति काल में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है यहाँ तक की उसकी मृत्यु भी हो सकती है दान देने से ही मनुष्य में दया की भावना उत्पन्न होती है जहां दया है वहां धर्म है जहां धर्म है वहां न्याय है और जहां न्याय है वहां जीवन है इसीलिए जब भी आप अपना निवास स्थान बनाएं तो इन छह चीजों का ध्यान रखते हुए जीवन में पालना आवश्यक करे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट एंड शेयर